बली ली रावलिया जोगी ओ, जो ओ अलबेला जोगी रे मस्ताना जोगी प्रीत गुला भली रवलिया जोगी प्रीत गुला भली रे बलिया जोगी रीत गुराणी बली रेरा बलिया जोगी अरे रे रे अल्बेला जोगी अरे रे रे मस्ताना जोगी अरे रे रे दीवाना जोगी रीत गुराणी बली रवलिया जोगी रीत गुरा बली और बोले ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। अरे लवनारे लागी जारी ब्रह्मणारे भागीरा ओ लवनारे लागी जारी रे बारा सूरत सबद से अड़ी रे रामलिया जोगी ओ सूरत सबद से अड़ी रे रामलिया जोगी हर गुलाह मैं चाहूंगा सभी भक्तों से निवेदन हाँ में, हाँ में देखना चाहता हूं कि गुरुमुखी कौन कौन बैठे उठाए दोनों हाथ सीधा से राजू जी जांग गुरु है मुझे बताए उठाए दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल बोले सत्य गुरुदेव की मिठी मीठी ताली के साथ में अरे पीतड़ली रे पीतड़ली रे पीतड़ली रे पीतड़ली ओ पीतड़ली रे पीतड़ली रे पीतड़ली रे फीतड़ी प्रीति गुरानी बलीरे बलिया जोगी प्रीति गुरानी बली बली अ जोगी नीति नीते गुला बली रे उड़ी मंडी रे बजारामे उड़द बजा मंडीरे रा, रा। ओ मंडी राम रा, से ज्योति जगीरें रावलिया जोगी ज्योति से जोति जो जगीर रावलिया जोगी अरे रल रल अल बेला जोगी अरे रल रल मसताना जोगी प्रीत गुलली गुला बली प्रीत गुरारी भली रे रावलिया जोगी प्रीत गुरारी भली रे रावलिया जोगी हर रर रलबेला जोगी हर रर राना जोगी प्रीत भली रावलिया जोगी प्रीत गुरारी भली संत फकीर करी आनंद संत फकीर करी अरे जो आनंद संत फकीर करी जो आनंद नहीं अमीरी में आनंद संत फकीर करे हई नंद संत फकीर करे अरे जो आनंद संत फकीर करे जो आनंद नाई अमीर में आनंद संत फकीर करे थ शरणे लोमनाथ बोले राम ओ चंचल नाथ शरणे लोमनाथ बोले राम ओ राम जी से लगी रे बलिया जोगी राम जी से लगन लगी रे ला जोगी हर नर नर मसमाना जोगी दीवाना जोगी दीदी गुरानी दी बड़ी जोगी प्रीति गुरारी रे रावलिया जोगी प्रीति गुरारी पली रे मस्ताना जोगी अरे ररे ररे रे रे रर हर बेला जोगी अरे रे रे मस ताना जोगी तेरे दीवाना जोगी प्रीति दी गुरारी भली रावलिया जोगी ताना जोगी बेला जोगी प्रीति गुरारी जोगी रीते गुलाजी भली भल बेला जोगी मस्ताना जोगी रीते गुलाजी भली